नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 26 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठते हैं वो आपकी राशि होती है तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन दिवाली से जुड़ा हुआ प्रयोग और धनतेरस से जुड़ा हुआ प्रयोग ये हमने अपने चैनल पर डाल दिया है दिवाली पूजन की संपूर्ण विधि विस्तार से एक डेढ़ घंटे का वो वीडियो है दो पार्ट में है आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं उसका आनंद ले सकते हैं जिस प्रकार से उसमें पूजा पाठ बताई गई है आप लोग दीपावली की पूजा उसी प्रकार से करिए और यकीन मानिए किसी पंडित को आपको घर पर बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस वीडियो को देखने के बाद तो पंचांग पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सख कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी संयुक्त तो रूप से रहेगी सूर्योदय की बात करें तो सुबह छह बजकर सोलह मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर पच्चीस मिनट पर शनिवार दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर दिशा सूल रहेगा जी हाँ पूर्व दिशा की ओर यात्राओं को करने से आज आपको बचना होगा लेकिन यदि यात्राएं करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा अदरक का आप सेवन कर सकते हैं आप भी का सेवन कर सकते हैं आप धनिए का सेवन कर सकते हैं या अदरक वाली चाय पी करके आप घर से निकल सकते हैं काले तिल का भी आप सेवन कर सकते हैं दर्शकों चूँकि त्रयोदशी तिथि है और चतुर्दशी दोनों संयुक्त तिथि जो है तिथि है तो त्रयोदशी को बैगन और चतुर्दशी को सहित का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी दर्शकों मनाही है त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर तीन बजकर छियालीस मिनट तक की इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि रहेगी नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुन इसके उपरांत हस्त और अंतिम नक्षत्र रहेगा चित्रा नक्षत्र करण रहेगा वणिज इसके उपरांत बिष्टि और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा शक्नी करण योग रहेगा बैधृति इसके उपरांत विष्कुंभ योग रहेगा दर्शकों चंद्रदेव आज चलायमान रहेंगे चंद्रमा आज कन्या राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव तुला राशि में चल रहे हैं नीच के अपने होकर के चल रहे हैं राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल अशुभ समय होता है इसमें शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए तो शनिवार का राहु काल होता है प्रातः नौ से लेकर के दस तक का यदि आपको शुभ कार्यों को करना है तो कब करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज विजय मुहूर्त में करिएगा दोपहर एक बजकर 42 मिनट से लेकर के दो बजकर 26 मिनट तक का जो मुहूर्त रहेगा ये विजय मुहूर्त है इसमें यदि आप शुभ कार्यों को करते हैं तो यकीन मानिए उस जो है मतलब कार्य में कई गुना वृद्धि होगी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है खास लेकिन दर्शकों दीपावली से संबंधित सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं आप लोग जाकर के देख सकते हैं वार्षिक राशिफल 2020 भी हमने डाल दिया है प्रतिदिन रात्रि 10 से साढ़े दस के मध्य लाइव आते हैं आप लोग टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुफ्त में उस समय करवा सकते हैं मेरा तुला राशि तो तुला राशि के जातकों आज कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी खास करके जो तुला राशि के जातक स्टूडेंट हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं इनको आज कड़ी मेहनत करने के सितारे सलाह दे रहे हैं कारोबार में धन लाभ होने की संभावना रहेगी कि किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात आपके करियर को बदल करके रख सकती है आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे किसी काम में जल्दबाजी करने से आज आपको बचना होगा स्वास्थ्य में अपडाउन जो है आपके बना रहेगा मनोरंजन के कुछ नए मौके अचानक से मिल सकते हैं आज कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इत्यादि, इत्यादि ये सब खरीद सकते हैं। मंदिर में गुड़ का का दान आपको करना करना रहेगा रहेगा। रहेगा रहेगा और हनुमान पाठ आपकी सभी दूर होगी, शुभ शुभ कलर रहेगा भाई, अंक साइक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा बताइए आप लोगों से अपील है नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए ज्योतिष संबंधी तमाम वीडियो हमारे इस चैनल पर कि नवंबर माह का राशिफल पड़ चुका है मूलांक के आधार पर राशिफल हमारे इस चैनल पर पड़ गया है वार्षिक राशिफल हमारे इस चैनल पर पड़ गया है जुपिटर का ट्रांजिट हमारे इस चैनल पर सभी राशियों के लिए पड़ गया है शनि ट्रांजिट हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है सूर्य का गोचर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देखिए और उपाय करिए उपायों में बड़ी पावर होती है दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार परिद निसा